दोस्तों आज हम आपको माई जियो एप्लीकेशन जो कि जियो कंपनी की है उस एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे कि अब आप उसमें किस प्रकार से भीम यूपीआई का अकाउंट बना सकते हैं और उसमें आप बिजली का बिल किस प्रकार से जमा कर सकते हैं क्योंकि जियो की यह सर्विस बहुत ही बेस्ट है जिसमें पैसा वगैरह भी फंसने का डर नहीं रहता यह बिल्कुल पेटीएम गूगल पे और फ़ोनपे की तरह ही वर्क करता है और इसमें पैसा वगैरह ट्रांसफ़र करना भी बहुत ही आसान है तो चले दोस्तों हम आपको इसमें बताते हैं कि आप किस प्रकार से जियो यू अकाउंट बनाएंगे और इस पर आप बिजली का बिल किस प्रकार से बहुत ही आसानी से जमा कर सकते हैं वह भी घर बैठे तो चले दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाना होगा प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है माई जियो माई आप जैसे, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये इस प्रकार से माई एप्लीकेशन जियो वालों की ये आ जाएगी मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आप डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद ये ओपन इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस इस प्रकार से इस पर आप अपना जियो का अकाउंट वगैरह भी यहाँ पर नंबर दर्ज करके अकाउंट बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप सब सुपर जो देख रहे हैं होम मोबाइल फाइबर मूवीज़ ट्रू 5G, म्यूज़िक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और है यूपीआई। इस यूपीआई पे आपको क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ पर यूपीआई पे आई क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं वेलकम टू जियो यू अब आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड इस पर आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेरे तीन बैंक अकाउंट ऑलरेडी पहले से भी ऐड और मैं आपको एक दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करके बताता हूँ इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्च बार है इस सर्च बार में आपको जो भी आपका बैंक हो वो बैंक यहाँ पर सर्च करना है तो जैसे मेरा बैंक ऑफ है तो हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करते हैं तो दोस्तों देख सकते जो बैंक अकाउंट ऐड किया बिल जमा कर सकते हैं तो इसके लिए आप यूपीआई के ही अकाउंट पे आइए यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं ये यह यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकसिटी अब इस इलेक्ट्रिकसिटी पे आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कई कंपनियाँ है जो बिल पेमेंट करवाती हैं तो इसके लिए हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कहाँ पर तो आप देख सकते हैं लास्ट में ये है यू रूरल है और अर्बन है तो आप जहाँ से भी हो वो करने तो रूरल का तो है मान लीजिए गांव का अर्बन शहर का है तो हम शहर से हैं तो यहाँ पर हमको अर्बन सेलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कंज्यूमर नंबर अब यहाँ पे आपको कंज्यूमर नंबर दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने एकाउंट कंज्यूमर नंबर डाल दिया है अब कंज्यूमर नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं लिंक एंड प्रोसीड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप लिंक ऑफ प्रोसिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है एक पॉपअप आएगा तो वहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ये कंज्यूमर नंबर कस्टमर का नाम महीने का आपका बिल है वो प्लस कितना अमाउंट है तो ये यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि आपने कितने बैंक अकाउंट ऐड कर रखे हैं उन, उन्हीं बैंक अकाउंट में से आप जिससे पेमेंट करना चाहें वहाँ पर आपको इसको टिक लगा लेना है और लगाने के बाद देख सकते हैं नीचे ये लिखा हुआ है पे बिल इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप ये पे बिल पर क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए पेमेंट आपका बैंक अकाउंट से हो रहा है उसके बाद कंफर्म आपको करना है जैसे ही आप ये कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा तो अब आप अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए यहाँ पर अब आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड दर्ज कर देना है पेमेंट का और पासवर्ड दर्ज करने के बाद ये आप राइट का निशान देख रहे हैं इस राइट के निशान पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं प्रोसेसिंग पेमेंट हो चुका है और आपका बिल पेमेंट हो गया है और आप देख सकते हैं चेक बैलेंस वाइव डिटेल ये देखिए मैसेज भी आ गया हमारा पेमेंट बिजली का हो चुका है तो ये देखिए दोस्तों बिल पेड सक्सेसफुली और इसके बाद वाइफ डिटेल पे आपको यहाँ पे देख लेना है इसके बाद ये शेयर रिसिप्ट अब आप अगर इसको भेजना चाहे किसी को तो आप रिसिप्ट भी इसकी शेयर कर सकते हैं यहाँ से बिल पेमेंट डिटेल देख सकते हैं जो भी आपने बिल जमा किया उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह और शेयर रिसिप्ट अगर आप रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे तो ये आप किसी को भी शेयर करके बता भी सकते हैं कि हमने ये बिल पिट कर दिया है तो दोस्तों देख सकते हैं जब आप ये बिल बिल शेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा बिल का पेमेंट किस बैंक से किया है कितनी समय किया है यूटीआर नंबर वगैरह किस कस्टमर का है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर सब जनरेट हो जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके हम आपको नए नए वीडियो से नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे दोस्तों धन्यवाद